गुरु जी मैं सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा मैं और मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे ना आपको मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपके कथाओं को सुनकर और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके धर्म में इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ तो हूँ पर मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम है हाँ क्या नाम था आपका पहले मेरा पहले जावेद नाम था जावेद काफी लोग जानते भी होंगे तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया हाँ हाँ क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि काफी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है क्योंकि हिंदू पैदा ही होता मेरा है मेरा मानना रहता है और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा ये ठाकुर जी की कृपा हुई तब मैं सनातन में आया वैसे किसी ने मुझे या मैंने किसी को देख के सीखा या सा कुछ भी नहीं था तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो अभी आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कितना अभी मैं अभी इतना डिप्रेशन में पूछूँ मत मुझे फ़ोन आ रहे हैं फैमिली वालों के ज्यादा आ रहे हैं बाकी अर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फोन आया और वो कहने लगे हमसे कोई मतलब नहीं हम मर भी गए तो हमारा मुंह मत देखियो तू हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है हमारी एक लड़की है उसकी शादी करनी है तेरी वजह से उस लड़की की भी जिंदगी खराब हुई है तो महाराजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते ये बीच में ला मुझे इतना परेशानियों में डालना और उनको मैं छोड़ नहीं सकता रास्ते छोड़ सकता हूँ तो मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता किन को नहीं छोड़ सकते आप मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता भगवान जी को नहीं छोड़ सकता नहीं छोड़ सकता था फिर आप सही रास्ते पर हैं तो मैं एक चीज़ मेरे सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आप इन्हें धर्म बदल लिया है आप, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना हाँ जी वैसे देखो धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे ठाकुर जी जो है ना हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलोग रसखान जी को उसी रूप में उसी लिवास में प्राप्त हुए थे भगवान जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छोटने लग गया सब चीजों को देखकर वो मन वॉमिटिंग से आनी या अपने आप होने लग गया तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है ऐसा लगता जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी तो ठाकुर जी की कृपा ही है पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ आप अपनी माँ से बात करो की माँ मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ मैंने समझाया पर आपको पता है कि वो समाज को लेकर चलना है उन्हें और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है तो मैं क्या कर सकता मैं ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सकता तो मुझे समझ नहीं आ रहा तो तो आपको ये भक्ति का रोग कब से लगा आ, मैं बहुत छोटा था मेरी एक्चुअली मेरी जो परवरिश हुई वो मेरी नानी के घर पे हुई है अच्छा तो नानी के जाने के बाद मामा माम डेली लेकर आया उन्होंने मुझे ग्यारह साल के हेज में काम पर लगा दिया तो मुझे तो काम वही नहीं था मैं वहाँ बैठा होता था तो मेरे ख्याल दो एक साल बीत गया समय ऐसा बीत जाता और पता भी नहीं लगता और आदत पड़ जाती उस चीज़ को खेलने की तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी मतलब जैसे हम लोग या आटा चावल वगैरह पैक करते ना तो पन्नी आया करती थी तो, तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और उसमें छोटी थी कृष्ण जी की छबी छपी हुई थी उन्होंने हाथ में मुरली रहकर मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि उस टाइम बाद मुझे देख रहे हैं Hmm. वो कभी इशारे कर रहे हैं तो मैं आंटी को बोलूंगा आंटी ये देखना ये जो फोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है तो आंटी कह तो मतलब उन आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है ऐसा कुछ भी नहीं होता वो मुझे बार बार कहती मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ऐसी होगा और मैं कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे है कि मुझसे कह रहा कि मुझे भी भूख लगी मेरे को भी दे तो मैं आधी रोटी निकाल कर सब्जी देता था और भगवान जाना वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता और फिर उसके बाद से इतना उससे प्रेम हो गया कि मैं उस चिट को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया डेली ले जाता ले आता फिर उसके बाद से जो मेरे मामा ममा थे उन वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है ये है वो है जो भी हो और उसके बाद से फिर मैं तेरह साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता था और मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो भाई तेरह साल की इस बहुत कम होती है मैंने कैसे वो करा वो समय ठाकुर जी तो, तो पता नहीं लगा तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है और ये वहीं से हुई है किसी ने ना मुझे सिखाया ना मैं जिस फैमिली में काम करता था वहाँ भी ऐसी नहीं कह सकते कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्ति तो वहाँ पर नॉर्मल भक्ति थी तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये आ, मुझे लोग कई लोगों की शिकायत है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया है या वैसा किया तो ऐसा कुछ भी नहीं किसी सनातन ने किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं करा मैं अपनी मर्जी से आया हूँ hmm. और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं दोनों को लेकर चला था पर लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया तो मैंने वो आ, वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वो वाली सिस्टम हो गया तो मैंने कहा फिर सनातन में आ जाऊँगा क्योंकि मैं ताना जी को नहीं छोड़ सकता तो अभी कहाँ रहते हैं अभी मैं डेली में रहता हूँ और ठाकुर जी की थोड़ी दया हुई तब ब्रजवास कर लूँगा बहुत जल्द और आपका आशीर्वाद रहा था गुरु जी बिल्कुल ठीक है सनातन धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्या अंतर लगा आपको आप तो मुस्लिम मुसलमान में जन्म लिए हैं और सनातन को फॉलो कर रहे हैं ये बताइए दोनों में क्या अंतर है लोग लड़ते क्यों हैं धर्म को लेके मुझे तो ये पता नहीं क्योंकि मैंने इतनी उन चीज़ों में पढ़ाई नहीं कर रखी सनातन मुझे ऐसा लगा कि सनातन एक शांत धर्म है जहाँ मन को शांति मिलती है और किसी के लिए मतलब किसी जानवर को काटना पीटना नहीं होता तो सनातन इसलिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम किसी के जान लेकर अपना त्यौहार वगैरह नहीं मनाते जी जैसे कि होली होगी दिवाली होगी तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी हमारे यहाँ दीपक जला करके मिठाइयों के साथ तो ये बहुत अच्छा है और अच्छा लगा सनातन बहुत और अभी मैं सनातन में ही हूँ अपने आप को सनातन ही मानता हूँ बिल्कुल आप पूर्ण सनातनी है इस धरती पर प्रत्येक जीव सनातनी ही है मेरे भाई रास्ता भटक गए हैं लोग बस ये समझो रास्ता भटक गए हैं लोग किसी धर्म में किसी की हत्या करना जायज़ नहीं है आपको क्या लगता है किसी की हत्या करना सही है आ, नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि धर्म को अगर वैसे भी लेके चलें तो धर्म को ना के लेकर भी चलें तो लोग एक्चुअली बहुत सनातन जो लोग खाते हैं उनसे भी मेरा वो चाहे जो भी खाए वो क्योंकि जान सबके अंदर होता है मैं एक, आ, एक मैं पहले छोटा था तो मैं जाया करता था मुर्गे की शॉप पर तो वह एक मुर्गा इतना तड़पता है कि उसको देख अब जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या हो रहा है ये उसके साथ वो इतना तड़पता अगर कोई जाकर उसको करता हुआ देख लेना मैं लोगों को कहता हूँ कि छोड़ दो तो लोग कहते हैं कि हम थोड़ी ना काट रहे हैं तो वो काट रहा है तो सर गुरु जी मैं चाहूंगा इसके ऊपर भी कुछ आप बताएं कि जो लोग ये कहते हैं हम नहीं काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, हम जान नहीं ले रहे भाई पर आपके कारण ही तो वो मर रहा है तो तो जिम्मेदार हत्यारे तो वो ही हैं जो ग्राहक बन के गए हैं और असली हत्यारे वो है मेरा एक सवाल और भी है की बहुत हमारे सनातन लोग हैं जो इन लोगों को किराया पे देते हैं जो मुर्गा मुर्गा काटते हैं जो भी धर्म से मुझे नहीं पता पर उनके लिए भी कुछ आप मतलब उनको इस चीज का पाप लगेगा नहीं लगेगा बिल्कुल बाप तो देखो किसी की हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है अहिंसा ही परमो परमोधर्मा हमारे यहां तो चीटी को भी आटा डाला जाता है कुत्ते को रोटी गाय को रोटी निकाली जाती है जीव मात्र की रक्षा करना जीव मात्र की सेवा करना हमारे यहां के राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा शिवी जिन्होंने एक पक्षी के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था काट करके दे दिया था एक पक्षी की रक्षा के लिए उनकी गोद में एक पक्षी उड़ के आ गया तो जिसने पकड़ा था उसने कहा ले दो हमें हम इसको खाएंगे अब राजा ने कहा मेरी शरण में आ गया मैं नहीं दे सकता तो ये वो धर्म है सनातन धर्म जहाँ एक पक्षी की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा राजा अपने आप का बलिदान देता है अंत में भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य हो राजा आपके आपके अंदर जितनी दया है इस दया से हम स्वयं बिक गए आपसे और महाराज जी एक सवाल मेरा और भी है कि बहुत सारे डाउट है कि मैं संकीर्तन करता हूँ एक्चुअली क्या करते हैं मैं संकीर्तन नहीं करता हूँ क्या गाते हैं आप मैं कृष्ण संध्या तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से लोग कराते हैं अब क्योंकि इस तरीके की बातें चल गई कि ये संकीर्तन करेगा तो हमें इसका पुण नहीं लगेगा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे करने से किसी का पुण्य नहीं लगता तो भाई मैं नहीं करूँगा नहीं आपका जो पुण्य है वो आपके पास है आप जो भी पुण्य करेंगे आप जो भी पुण्य करेंगे जो भी अच्छा कार्य करेंगे उसका फल आपको निश्चित मिलेगा उसका कहीं नहीं गया मैं अच्छा करूंगा मुझे मिलेगा ये अच्छा नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो मेरे से करवाते हैं उन लोगों को अब जैसे वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं हाँ। उन मंदिरों में कीर्तन के लिए लोग बुलाते हैं कि आप हाँ। आके दो घंटे कीर्तन करो आप भी करो तो आप कीर्तन कर सकते हैं हाँ। वो तो वहाँ की नियमावली है कीर्तन करना है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी माँ को अपने पिताजी को समझाइएगा कि वो परेशान ना हो आप सही जगह हैं सनातन धर्म मीन्स आप खुद कह रहे हैं कि शांति का अनुभव है पूरी दुनिया आज नहीं कल इसी शांति की ओर बढ़ेगी जिस शांति की ओर आप आज बढ़ गए ठीक है और कोई सवाल आपका आ, नहीं गुरु जी मैं एक छोटा सा भजन आपके दरबार के लिए गाना चाह हा, हा गाइए मुरारी में रह मुरारी मैं रहमत के सद के तुम्हारी जो चरणों में ये सर झुका ना मिला है बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे जिन्हें आप सा ना मिला है महाराज जी मैं कहना चाहूँगा जितने भी लोग हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं और हर सवाल का मुझे आज लगा कि कुछ जवाब मुझे मिला जो मैं खुद तलाश रहा था तो इसके लिए मैं बहुत बहुत, -बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा राधे राधे जय श्री कृष्ण सभी को खुश रही भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे